के के के के रुक रे कहा बोल के है तोर बाबू के? के? के, के बोल बोल हाँ तो पापा के बती देख भाई हम कुछो बती है नहीं ठीक बोल का माई केन टन शर्ट के बात का बात कहा मुँह फाड़ दे मार चपल के दूनू जानी के अभी ये तो सब हम रात दिन कर जान गईलो इतना चपल मुंह पर मार बेटी तोहरा महतारी नु कहा कि हमारे बेटी हो ज्यादा लवर सबर अभी बोल दिलूँ तो इतना मार वन मुँह मार मारत जान गए बड़का आहो बड़का देख दून गोटे ना अभी बात कर दे भाग है